पल का बेईमान ए पल का बेईमान पल का बेईमान पल का भेटे गई परोरा रत परे परेज परेज, परेज तो एक कौन तु है रोगी मख क्या लाइन अलग है एक और फरमाइश आई है बिन्ू राजा जी की तरफ से अरे का लगाओ चार रोनी के में सारे देखो आप जुग जुग जिये से एक ही के हे भगवान के ललना जोग जोग जिये तुम के ललना जोग जुग जिए तुम ईश्वर से भनय हमारी बालक के दादाजी दादाजी की तरफ से यानी बब्बा, आज, आज उनकी बुढ़ापे की लठिया खड़ी हो गई और सम्मानीय श्रीमान लखन, लखन राज एक सौ एक रुपये को बहबूल आशीर्वाद है।, है और एक और फरमाइश है हमारे विक्की राजा की अरे के घों चीन लई क्यों के हमें हाँ पर देसी पोर पलना झोला दे पलना में बुआ जी पलना लाई